आज मैं नताशा आपको 2016 की एक थ्रिलर क्राइम मिस्ट्री फिल्म के बारे में बताऊंगी इसे अंत तक देखें डरे नहीं और अपना ख्याल रखें दाइने शर्मन एक समय से पहले बेटी को जन्म देती है जो डॉक्टरों से घिरे इनक्यूबेटर में मोशनलेस दिखाई देती है जो दूसरे कमरे में उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं दायना बिस्तर पर लेट गई और प्रार्थना करने लगी डॉक्टरों द्वारा बच्चे को स्थिर करने में कामयाब होने के बाद डायना अपने बच्चे को देखने के लिए कमरे में प्रवेश करती है और पूछती है कि क्या वह ठीक रहेगी बाद में एक मदर सपोर्ट ग्रुप में एक महिला धीरे धीरे रोती नज़र आ रही है यह पूछने पर कि उसके बच्चे को ब्रश करने में कौन मदद करेगा समूह को खत्म करने से पहले सब उसकी बात सुनना चाहते हैं कि डायना को क्या साझा करना है लेकिन वह स्पष्ट रूप से उदासीन है क्योंकि वह बैठक के दौरान अपने फोन पर व्यस्त थी डायना अनिच्छा से उल्लेख करती है कि उसकी बेटी क्लोई कुछ महीनों में कॉलेज जा रही है वह समूह को बताती है वह सत्रह साल से अपनी बेटी की देखभाल कर रही है और उसका पूरा जीवन अपनी बेटी के स्वास्थ्य और सुरक्षा के इर्द गिर्द घूमता रहा उसने खुलासा किया कि वह अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए बहुत प्रतिबद्ध थी उसके पास यात्रा करने का कोई समय नहीं था और समूह नेता ने बोली कि क्लोई के होने के बाद उसकी अक्षमताओं ने उसको पीछे धकेल दिया था क्लोई सुबह ठीक छह बजकर पैंतालीस मिनट पर उठती है और व्हीलचेयर पर बैठ जाती है शौचालय में उल्टी करने बाद वह अपनी त्वचा पर कुछ चकत्ते पर क्रीम लगाने लगती है इसके बाद वह आंच के लिए अपनी दवा लेती है और अपनी लिफ्ट का उपयोग करते हुए नीचे चली जाती है डायनामलेट बना रही है वह क्लोई के शुगर के स्तर की जांच करने के लिए क्लोई की उंगली पर पिन चुभाती है और पाती है कि उसका स्तर पहले की तुलना में थोड़ा अधिक है डायना क्लोई को इंसुलिन शॉट इंजेक्ट करने लगती है पर क्लोई सुई लेती है और खुद करती है बाद में डायना क्लोई को व्यायाम में मदद करती है दोपहर को काम करने की बात जब डाकिये आता है तो क्लोई अपनी गोलियां ले रही होती है उसके आने से पहले तुरंत दरवाजे की ओर जाती है तो डायना पहले ही पत्र एकत्र कर चुकी होती है क्लोई को सांस की कमी महसूस होती है डायना उसे अपने इन्हेलर का उपयोग करने के लिए निर्देश देती है जिसके लिए क्लोई जवाब देती है कि वह ठीक है डायना वादा करती है क्लोई अगर कोई कॉलेज का पत्र आएगा तो वह तुरंत उसे दिखाएगी और उसे बताएगी अभी के लिए वो पढ़ाई पर ध्यान दे डायना अपने बगीचे में जाती है कुछ टमाटरों की कटाई करती है जिनका उपयोग वह बाद में रात का खाना पकाने के लिए करती है क्लोई के इंसुलिन की जांच के बाद फिर से डायना ने पाया कि वह कम है वह बाद में क्लोई को चॉकलेट का एक टुकड़ा देती है क्लोई वाशिंगटन विश्वविद्यालय के बारे में वीडियो देख रही है वहाँ जाने के लिए उत्साहित है उसकी माँ उससे एक सवाल पूछती है वीडियो में बहुत ज्यादा बिजी होने के कारण वह मुश्किल से जवाब देती है वह बाद में देख रही है क्लोई उसके कमरे में दिखाई दे रही है एक 3D प्रिंटिंग मशीन पर काम कर रही है पर बहुत ज्यादा निराशा है इसकी प्रिंटर उसकी कार्यक्षमता पर काम नहीं कर रहा है जब डायना पूछती है क्या गलत है क्लोई देती है कि अगर उसके पास अगर और फोन होता तो बहुत काम आता फिर डायना मुस्कुराने लगती है डायने क्लोई को उसकी बाकी दवाएं देती है और तहखाने में चली जाती है वह एक ग्लास वाइन लेती है और क्लोई के बचपन की मूवी देखने लगते हैं। अगली सुबह क्लोई अपनी माँ को घर के बाहर किरियाना के सामान के साथ देखती है वह खिड़की से बाहर देखना चाहती है जब डायना को कॉल आती है और बात करते बाहर निकल जाती है क्लोई किरियाने का सामान देखती है वह किराने का सामान चेक करते समय को चॉकलेट चुरा ले जाती है उसे अपनी माँ के लिए निर्धारित गोलियों की एक बोतल मिलती है वह अपनी माँ की बात सुनती है और तुरंत गोलियों को किराने की बैग में वापस रख देती है डायना कहती है कि उसकी पुरानी मेडिसिन कंपनी बंद हो गई और उसे नुस्खे बदलने पड़े क्लोई ने अनिच्छा से उससे पूछा कि क्या गोलियाँ उसकी हैं क्योंकि उसने गोली की बोतल पर अपना नाम देखा था जिस पर डायना हंसने लग जाती और क्लोई को बताती है यह केवल एक लेबल है अगली सुबह क्लोई अपनी गोलियां लेना छोड़ देती है वह एक प्रकार का एक मैकेनिक डिवाइस तैयार करती है जिसके साथ वो गोली की बोतल तक पहुंच जाती है एक कार को निकलते हुए सुना जा सकता है यह मेलमैन फिर से है और क्लोई मेल पाने के लिए जल्दी करती है पर डायना दरवाजे पर आ जाती है अकेले होने पर क्लोई चाइकसेन वन के नाम से गोलियों की जाँच करती है बोतल की जांच करने पर क्लोई ने पाया कि उसका नाम लेबल पर है वह उसे छीलने का फैसला करती है अपनी मां का नाम खोजने पर उसे पता चलता है कि उसे अनावश्यक दवा दी गई है जब उसकी माँ क्लोई को रात के लिए अपनी गोलियां देती है तो जब उसे यकीन हो जाता है तो वह चुपके से उन्हें बाहर निकाल देती है उसकी माँ गहरी नींद में सो रही है क्लोई कंप्यूटर पर ट्राइक्सन पर अपना शोध जारी रखने के लिए जाती है दुर्भाग्य से उसका इंटरनेट कनेक्शन काम नहीं कर रहा होता है दूसरे कमरे से डायना अपने बिस्तर से क्लो को देख रही होती है जो क्लोई नहीं देखती सुबह डायना को एक इंटरनेट कर्मी के साथ बहस करते देखा जाता है ऐसा प्रतीत होता है कि उनका इंटरनेट कनेक्शन बंद है जब तक कि अगली सूचना नहीं दी जाती डायना क्लोई से उसके इंटरनेट उपयोग के बारे में पूछती है क्लोई झूठ बोलती है और कहती है कि वह आपके तीन भी प्रिंटर को ठीक करने के लिए गूगल कर रही है हर बार उसकी माँ परेशान रहती है क्लोई गोलियों के बारे में अधिक जानने का अवसर ढूंढती है वह एक फार्मेसी को फोन करने की कोशिश करती है लेकिन अपनी माँ को देखने के बाद वो जल्दी से फोन को पटक देती है एक फार्मेसी को फिर से फोन करती है और एक कर्मचारी फोन उठाता है वह उससे चाइकसेन गोलियों पर शोध करने के लिए उसकी मदद करने की विनती करती है कुछ विनती के बाद, के बाद आदमी सहमत हो जाता है पता चलता है कि चाइकसेन हृदय रोग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है और इससे दिल की विफलता हो सकती है गोलियों के रंग को लेकर के वह परेशान हो जाती है गोली पर दिखने वाला रंग चाइक्सेन के रंग से मेल नहीं खाता क्लोई हैरान है और उसे नहीं पता की आगे क्या करना है अगले दिन क्लोई और उसकी माँ एक फिल्म देखने के लिए थिएटर पर जाते हैं। क्लोई खुद बाथरूम जाने के बहाने बाहर जाती है और फार्मेसी जाने के लिए सड़क पार करती है जिसे वह वेटिंग लाइन को काटती है और फार्मासिस्ट को गोली दिखाती है यह किस तरह की गोली है फार्मासिस्ट पहले जवाब देने से इनकार करती है लेकिन जब क्लोई झूठ बोलती है कि वह और उसकी माँ एक बीमारी से शिकार है और उसका हल गोलियों का नाम है फार्मासिस्ट उसे बताती है कि गोलियां पैरों के लिए मांसपेशियों को आराम देने वाली है और यह कुत्तों के लिए बनाई गई है तभी क्लोई को पैनिक अटैक आता है डायना वह पहुंच जाती है पागलपन से फार्मेसी में प्रवेश करती है और क्लो को इंसुलिन शॉट के साथ इंजेक्शन लगाती है घर आ डायना स्नान करती है उसे पता चलता है कि उसकी पीठ पर गहरे निशान है जो बाद में काटने या कोड़े मारने से प्रतीत होते हैं डायना फार्मेसी को एक फोन कॉल करती है फार्मासिस्ट को यह समझाने की कोशिश करती है कि वह अपनी बेटी को जानवरों के लिए गोलियां कभी नहीं देगी डायना गूगल पर घरेलू न्यूरोटॉक्सिन के बारे में देखती है क्लोई एक कमरे में जागती है और अपने दरवाजे का ताला पाती है ऐसा लगता है की उसकी माँ घर पर नहीं है और वह भागने की कोशिश करने का मौका लेती है वह ताला खोलने में सफल हो जाती है लेकिन एक दरवाजा बाहर से बंद होता है क्लोई बिजली के तार का एक गुच्छा बांधने का फैसला करती है फिर गर्म रोड के साथ वह कांच के शीशे को तोड़ देती है वह खिड़की से चढ़ती है क्लोई अचानक सांस नहीं ले पा रही है और ऐसा करने के बाद उसे अपने इन्हेलर के लिए अपने कमरे में वापस जाना पड़ता है वह जल्दी से घर से बाहर जाना चाहती है पर उसे पता चलता है कि लिफ्ट में बिजली बंद है। लिफ्ट में बिजली को गायब पाने के बाद वह सीढ़ी से नीचे फिसल जाती है उसे चोट लग जाती है पर वो अपने पैर में झुनझुनाहट महसूस करती है व्हील से भागने की कोशिश करती है लेकिन गलती से एक ट्रक के सामने आ जाती है ट्रक ड्राइवर जल्दी से ब्रेक लगाकर वह आदमी चिंताजनक रूप से क्लोई के पास पहुँचता है उसी समय डायना आ जाती है डायना और उस आदमी के बीच बहस होती है क्योंकि वह आदमी डायना पर शक करता है आदमी क्लोई से सवाल करता है कि वह पुलिस या अस्पताल जाना चाहती है जिसका क्लोई जवाब देती है तो वह पुलिस के पास जाना चाहती है दुर्भाग्य से इससे पहले कि वह डायना को अपने अधीन कर सके डायना ड्राइवर को इंसुलिन का शॉर्ट लगा देती है क्लोई हाइपर हो जाती है सुबह क्लोई तहखाने में जागती है वहां वह अपने कॉलेज का पत्र देखती है क्लोई को अपने बचपन की तस्वीरें भी मिलती हैं जहाँ वह खड़ी दिखाई दे रही है अपनी माँ के कहने के बावजूद कि वह जीवन भर व्हील पर रही क्लोई को क्लोई नाम के एक बच्चे के लिए एक मृत्यु प्रमाण पत्र भी मिलता है जिसमें कहा गया है कि वह केवल दो घंटे ही जीवित रहा अखबार की क्लिपिंग जिसमें एक ऐसे मामले का जिक्र है जहाँ एक अस्पताल से एक बच्चा चोरी हो गया था यह बताता है कि डायना ने अपने मृत बच्चे को बदलने के लिए क्लोई को एक बच्चे के रूप में चुरा लिया डायना अपने रिंग में देखती है और नर्स, नर्स के जाने का इंतजार कर रही है क्लोई उस समय अपने एहसास पर टूट जाती है डायना कमरे में प्रवेश करती है और एक गर्म बहस होती है क्लोई उससे पूछती है कि वह वास्तव में कभी बीमार थी जिसके बाद दायने रोने की कोशिश करती है क्लोई को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसने जो कुछ भी किया है वह उसके अपने भले के लिए किया गया था डायना उन दोनों के लिए अपने जीवन में वापस जाने के लिए विनती करती है क्लोई उसको इनकार करती है जिससे वह गुस्से में आकर एक सिरिंज में पेंट थिनर भरती है यह देखते हुए कि डायना अब क्लोई को जहर देने वाली है क्लोई अपने आप को एक स्टोर में अंदर से बंद कर देती है डायना क्लोई को दरवाजा खोलने के लिए विनती करती है लेकिन क्लोई कोई जवाब नहीं देती जब डायने दरवाजा तोड़ देती है वह देखती है क्लोई गोलियों की एक बोतल पकड़े हुए है और अगर बड़ी मात्रा में पीने से मौत हो जाती है तो क्लोई चलाती है कि डायने को उसकी जरूरत है और मुठ्ठी भर गोलियां खा जाती है डायने चिल्लाती है और क्लो को उल्टी कराने की कोशिश करती है लेकिन असफल होने पर उसे क्लोई को अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो वह करती है और क्लोई को अस्पताल के के कमरे के बाहर बचा लिया गया है। डायना ने डॉक्टर से आग्रह किया कि उसे अपनी बेटी को घर पैर ही रखने दे डॉक्टर्स उसको मना कर देते हैं अस्पताल के कमरे में क्लोई डॉक्टर का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है जो उसकी देखभाल कर रही होती है उसके हाथ लकवाग्रस्त प्रतीत होते हैं वह कागज की एक शीट पर कुछ लिखने की कोशिश करती है लेकिन एक आपातकालीन चेतावनी के बाद डॉक्टर उसको पहले छोड़ देती है वे देख नहीं सकती कि क्लोई ने क्या लिखा डायना इस अवसर का उपयोग क्लोई का अपहरण करने के लिए करती है लिफ्ट में वह वादा करती है कि वह कभी चोट नहीं पहुँचाएगी फिर से डॉक्टरों को पता चलता है की क्लोई का अपहरण कर लिया गया है इस बीच डायना क्लोई को एस्केलेटर की सीढ़ियों से नीचे लाने की कोशिश करती है क्योंकि वह काम नहीं कर रही है वह असफल हो जाती है क्योंकि क्लोई रोकने के लिए उसके पैरों का उपयोग कर रही होती है उनके बीच बहस होती है और डायना पहले अपनी बंदूक निकालती है इससे पहले कि ओर इसका इस्तेमाल करे उसे एक पुलिस अधिकारी द्वारा गोली मार दी जाती है और वो एस्केलेटर सीढ़िया से गिर जाती है सात साल बाद क्लोई अपनी माँ से मिलने के लिए एक कार चलाते हुए दिखाई गई है ऐसा लगता है कि उसके पैर बेहतर लेकिन वह अभी भी व्हील में है वह डायना को मिलती है क्लोई चाइक की तीन गोलियां थूकती है और डायने की धड़कन तेज हो जाती है क्लोई का कहना है कि यह घर जाने का समय है यह दर्शाता है कि वह उसी तरह डायना की देखभाल करेगी उसने उसकी देखभाल की चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें देखने के लिए धन्यवाद